ठीक mm है -hmm. ये ये बाबा, क्या? शॉर्ट तेरे को बताते तेरी माँ की छुत तेरे रुका बाबा एक और चीज़ दिखाओ क्या ये इधर जरा शॉर्ट रुक तेरे को बताते तेरी माँ की माटी छुतरे रुका